दिल ले के जा रहे हो अब कैसे जिएंगे हम दिल ले जा रहे हो दिल ले के जा रहे हो अब कैसे जिएंगे हम दिल लेके जा रहे हो दिल ले के जा रहे हो कैसे जिएंगे हम दिल लेके जा रहे हो अब कैसे जियांगे हम कुछ तो छुपा रहे हो कुछ तो छुपा रहे हो कैसे सहेंगे हम दिल लेके जा रहे हो कैसे जियेंगे हम जब याद तेरी आएगी जब याद तेरी आएगी तो रो पड़ेंगे हम दिल लेके जा रहे हो कैसे जियेंगे हम दिल लेके जा रहे हो। हम कैसे जियेंगे हम बंद करके दिल में बताएंगे हम आंखें बंद करके दिल में बताएंगे हम दिल लेके जा रहे हो पैसे दिएंगे हम दिल लेके जा रहे हो तोता बना लेंगे ता बनाएंगे आपको पिजड़ा बनेंगे हम तो बनाएंगे आपको पिजड़ा बनेंगे हम पिजड़े में बंद करके पिजड़े में बंद करके बोली सुनेंगे हम दिल लेके जा रहे कैसे जियेंगे हम दिल लेके जा रहे हम, के जा रहे हो कैसे जियांगे हम, हम दिल लेके जा रहे हो कैसे जियांगे हम कुछ तो छुपा रहे हो कैसे कहेंगे हम दिल लेके जा रहे हो कैसे जियाएंगे हम दिल लेके जा रहे जब याद तेरी आएगी तो रो पड़ेंगे हम जब याद तेरी आएगी तो रो पड़ेंगे हम जब याद तेरी आएगी तो रो पड़ेंगे हम आंखें बंद करके आंखें बंद करके दिल में बताएंगे हम दिल लेके जा रहे कैसे जिएंगे हम दिल लेके जा रहे दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम कुछ तो छुपा रहे कुछ तो छुपा रहे हो कैसे तहेंगे हम के जा रहे हो कैसे जियांगे हम दिन लेके जा रहे हो कैसे जियेंगे हम